भारतवासियों आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में आज मैंने यह वीडियो इसलिए बनाया है ताकि भारत की आर्थिक स्थिति में सुधार आए तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आइए अब हम कोरोना वैक्सीन के बारे में कुछ जान लेते हैं कोविड शील्ड और कोवैक्सीन दोनों भारत में निर्मित टीके हैं इसका पहला चरण सोलह जनवरी को व दूसरा चरण एक मार्च को शुरू हुआ था और इसके तीसरे चरण एक मई को शुरू होने की आशा है जिसके अंतर्गत 18 साल से ऊपर वालों को कोरोना कोरोना वैक्सीन वैक्सीन लगाई जाएगी। की पहली, दूसरी व तीसरी डोज के बीच 28 दिनों का अंतराल होना जरूरी है। ये जानते हैं कि भारत में कोरोना वैक्सीन के तीसरे डोज के लिए कितने लोगों ने कराया पंजीकरण एक मई से टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर अट्ठाईस अप्रैल शाम चार बजे से पंजीकरण शुरू हुआ था और शुक्रवार को सुबह तक 2.45 करोड़ लोगों ने अपना पंजीकरण करवा लिया था गुजरात के 10 जिलों में और राजस्थान के 11 जिलों में वह कई अन्य जिलों में तीसरा चरण शुरू कर दिया गया है इसके साथ ही साथ महाराष्ट्र के कुछ जगहों पर और अन्य कई राज्यों के कुछ स्थानों में तीसरा चरण शुरू हुआ वह कुछ राज्य में वैक्सीन के तीसरे डोज लगवाने पर रोक या समय देने की मांग कर रहे हैं जिसमें उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और अन्य कई राज्य भी शामिल हैं। अब तक देश में 16.48 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ टीका लगाया जा चुका है भारत सरकार अधिकतर सभी राज्यों में फ्री में टीकाकरण करवा रही है जिससे सरकार की आर्थिक स्थिति और धन की पूर्ति भी कम हो रही है जिनके नाम इस प्रकार है हरियाणा मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश बिहार तमिलनाडु झारखंड और अन्य राज्य भी शामिल है इसलिए हम सभी को जागरूक होकर भारत सरकार की हेल्प करनी चाहिए और इस वीडियो में हमारा मेन टॉपिक यह है कि जो लोग पैसे देकर वैक्सीन लगवाने में सक्षम हैं वो पैसे देकर वैक्सीन लगवाएं चाहे उनकी उम्र 18 से अड़तालीस साल या फिर पैंसठ साल ही क्यों न हो भारत ने समय बढ़ने पर अपने पड़ोसी देशों की मदद की जिसमे बांग्लादेश को बीस लाख डोज म्यांमार को पंद्रह लाख डोज नेपाल को दस लाख डोज दिए हैं और इसमें अन्य देश भी शामिल है इस मदद से भारत की अर्थव्यवस्था डैमेज हो गई है जिससे भारत को वैक्सीनेशन उत्पादन करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आज वही देश में ऑक्सीजन की कमी पड़ गई और अर्थव्यवस्था भी बिगड़ गई सिर्फ और सिर्फ कोरोना के कारण इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप सरकार के नियमों का पालन पूर्ण रूप से कीजिए जिससे हम एकजुट होकर इस महामारी को भगा सके कोरोना काल के दूसरे लहर में कई अन्य देश सामने आए और भारत की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया जिसमें अमेरिका रूस, फ्रांस, जर्मनी ऑस्ट्रेलिया आयरलैंड जैसे और भी देश शामिल हैं। अगर आप हमारी बात सहमत हैं तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा यह मेरे YouTube चैनल का फर्स्ट वीडियो है प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बेल आईक प्रेस और दीजिएगा थैंक यू